भगवान ने मैं बनाया था बहुत सोना था ऐसा तो क्या कोई दो आता ही नहीं है पर जिस हिसाब से मैं सोना बनाया था उस हिसाब से मैंने जन्म नहीं दिया जन्म मैंने अंबानी सम्बानी के दे घर देना चाहिए था अच्छा दे दिया अच्छा उनमें मेरा हिसाब नहीं बैठ रहा अब भाई यार इतने सोने बाला कम करे कर दे कभी वो कम कर दे कभी आ कम कर दे जिंदगी घुसड़ मुसड़ होनी पड़ी है मैंने कई घर था थे कि इतने सोने बाल का तो कम नहीं करवाया कर दे मैंने कोट पेंट बनाया दो सवेरी कोट पेंट पहन के बैठा करूँगा कहने की है पेटीकोट पहन ले पेटीकोट पहनने वाला आदमी है <laughs>